नमस्कार दोस्तों फिर से आप लोगों को हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट कैसे यूज किया जाता है फ्लिपकार्ट से कैसे कोई भी सामान ऑर्डर करें और उससे कैसे कोइंस कमाया जाता है तो चलो ना दोस्तों आज के वीडियो में सो ही मैं पता चल रहा हूँ आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें पूरा एंड तक देखें तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइक घंटे हुए प्रेस करें ताकि हमारे जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए चलिए दोस्तों लेकर चलते हूँ आप लोगों को तो चलिए दोस्तों मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया हूँ आप लोगों को फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना सिखाता है जी हाँ दोस्तों चलिए और कैसे ऑर्डर अगर जोड़ नहीं लेना वो कैंसिल करना भी सिखाते हैं तो चलिए मैं चलता हूँ आगे अपने होम स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में ये हो गया मेरा Flipkart एप्लीकेशन इसमें मैं जा रहा हूँ तो ये देखिए मेरा ओपन हो चुका है Flipkart एप्लीकेशन इसे मैंने साइन इन कर चुका हूँ ये देखिए यहाँ से अब जो चाहे वो शॉपिंग को आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, देखिए दोस्तों और यहाँ से आपको बोनस भी मिलता है कोइंस जिसे आप आगे यूज कर सकते हैं जैसे मैंने ये ट्राईपोड ऑर्डर किया हूँ देखिए दोस्तों ये ट्राईपोड है जो ऑर्डर मैंने किया हूँ बता दे रहा हूँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस पर जाइए ऑर्डर करना है तो जो आपको लेना है उस पर क्लिक कीजिए जैसे यहाँ ऐसे और ऑर्डर ना इट पर कर दीजिए क्लिक ठीक है दोस्तों मैं आपको बताने के लिए आया था उससे मैं कर चुका हूँ इसका ऑर्डर मुझे लेना नहीं है तो बैक चले जाता हूँ तो देखिए दोस्तों मैं ऑर्डर किया हूँ उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को चलिए मैं अपने इसमें जा रहा हूँ माय ऑर्डर में देखिए दोस्तों मैं जो ऑर्डर किया हूँ एक ट्राइपोड ऑर्डर किया हूँ और एक माइक मैं अपना भी दिखा दे रहा हूँ और कोइंस अभी भी दिखा दे रहा हूँ कैसे कोइंस मिलता है क्या देखिए दोस्तों एक ये टू मोर यही कल आ जाएगा मेरा ऑर्डर है जो किया हुआ हूँ देखिए दोस्तों ये जो मैं ऑर्डर किया हूँ कल मेरा पहुँच जाएगा मेरे पास और एक माइक जो मैंने ऑर्डर किया हूँ ये देखिए ये छब्बीस तारीख को भी आ जाएगा ये देखिए और मेरा कोइंस भी माई कइंस मेरे पास अभी टोटल क्विंस है बारह हो कइंस है कहाँ माई सुपर कईन तो देखिए दोस्तों मेरे पास अभी टोटल सुपर कोइंस बारह है बाइलेंस यहाँ दोस्तों यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं ये सब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कोइंस मिलेगा देखिए ये डाउनलोड एप्लीकेशन मूवी क्विक कीजिएगा तो आपको एक कोइंस मिलेगा इसी हॉटस्टार गान, गाना प्लस ये सब डाउनलोड करने पर आपको कोइंस मिलता है ये देखिए दोस्तों इस पर भी, भी आपको इतना इतना गिफ्ट वाच और रुपया पच्चीस का कोइंस ठीक है दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गंगा कैसे यूज करना है क्या करना है जो भी आपको ऑर्डर करना है उस पर क्लिक कीजिए डायरेक्ट आपको चले जाना है ऑर्डर नाउर पे और मारते रहे ठीक है दोस्तों मैं बैक ले लेता हूं यह समझाना था आप लोगों को अगर समझ गए हैं तो चलिए है, मैं चलता हूं कैमरे की ओर चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या जाता है कैसे कौन मिलता है कैसे क्या है तो हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को तो चलती है, मिलते हैं फिर बाय